क्या खूब कहा है किसी ने आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो इंसान का वक्त बदल देती है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सूरज आज की वीडियो में हम आदत के बारे में समझेंगे अगर इंसान की आदत अच्छी हो तो नसीब अच्छा ज़िंदगी अच्छी करियर अच्छा और अगर आदत बुरी हो तो फिर आप खुद ही तय कीजिए क्या हो सकता है मुझे तो लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ की जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है यानी कोई भी चीज़ हम बार बार करें तो उसकी आदत पड़ जाती है अगर इंसान कोई मुसीबत में पड़े वो अपने दिल से कहे सब कुछ ठीक है और अगर बार बार ऐसा कहे तो दिमाग और दिल ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उन्हें मुसीबत में भी ना घबराने की आदत पड़ जाती है और ठीक उसी मुसीबत में आप परेशान हो जाओ नकारात्मक सोचने लगे तो फिर जान भी जा सकती है यानी ये जो आदत का चक्कर है ये बहुत ही गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए रिसर्च में भी यही कहा गया है कि हमारा दिमाग भी यही पैटर्न पर काम करता है हम इसे ऐसे समझ सकते हैं मान लीजिए हमारे आसपास में बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान होते हैं लेकिन हम किसी एक खास दुकान पर ही बार बार जाते हैं उसका कारण कुछ भी हो सकती है हो सकता है वो हमारा दोस्त हो या सामान सस्ता देता हो उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है लेकिन एक वक्त के बाद आप ध्यान दें तो हमारी आदत पर जाती है या हमारे पैर अपने आप मुर जाते हैं लेकिन ये आदत नुकसान नहीं हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है पैसों का हो सकता है कहीं ऑप्शन अच्छा मिल रहा हो लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे लाइफ को खराब कर सकती हैं हमारी तरक्की को हमारी ग्रोथ को हमारी सक्सेस को रोक सकती है तो हम इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे कि हमारी आदतें कितनी ताकतवर हो सकती है हमारा फ्यूचर बदल सकती है यह अच्छा होगा या बुरा यह हमारी कैसी आदत है कैसी हैबिट है इस पर डिपेंड करती है और कहते हैं ना कि अगर किसी बात को अच्छे से समझना है तो किसी एक्सपर्ट या गुरु से सीखनी चाहिए और आदतों की ताकत को समझने के लिए चार्ल्स डोहिक की लिखी किताब दी पावर ऑफ हैबिट से कोई किताब अच्छी हो ही नहीं सकती तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों की वजह से ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं तो दोस्तों पार्ट टू का इंतजार कीजिए पार्ट टू में हम जानेंगे कि हम अपनी आदतों से कैसे अपने समय को बदल सकते हैं